कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले को लेकर शिवराज सरकार पर तंज कसा है दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले के सभी आरोपी सरकारी मकानों में रह रहे हैं उन पर शिवराज सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की कांग्रेस के दिग्गी राजा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं अब दिग्विजय सिंह ने व्यापम घोटाले पर बयान देते हुए कहा कि व्यापम के सभी आरोपी सरकारी दामाद बने हुए सरकारी आवास में रह रहे हैं शिवराज सरकार आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई आगे दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो भाजपा मुझ पर मान का केस कर रही है मैंने व्यापम घोटाले को, ले को, को तो लेकर सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं की गई है सीबीआई भी सरकार के इशारों पर नाच रही है आपको बता दे दिग्विजय सिंह ने व्यापक घोटाले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विडी शर्मा पर आरोप लगाए थे जिसके बाद बी डी शर्मा ने उनके खिलाफ मान हानि का केस दर्ज किया था 2014-2015 में और फिर बाद में अब लिखी जिसके ऊपर अब केस रजिस्टर हुआ है और इस प्रकरण में तो जो हमारी मांग थी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की वो स्वयं स्वीकार हुई है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि आरोपी हैं अक्यूज हैं